ये भूमि है जिसने विश्व को अचंबित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है भारत जिसका इतिहास और संस्कृति कभी भी यह वह देश जिसने युद्ध नहीं किया है आक्रमण नहीं किया है वो देश जहां अहिंसा के दूत महात्मा गांधी पैदा हुए थे वो देश जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है